टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए टूटे हुए कांच की तरह चकना चूर हो गए किसी को लग न जाए इसलिए सबसे दूर हो गए प्यार उसको मिलता है जिसकी तकदीर होती है बहुत कम हाथों में ये लकीर होती है कभी जुदा ना हो प्यार किसी का कसम खुदा की बहुत तकलीफ़ होती है